नमस्कार आपका स्वागत है भारत टाइम्स 24 में अगर आप जम्मू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जम्मू से कुछ ही दूरी पर शिवखोड़ी की गुफा में जाया जा सकता है यह गुफा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में एक है यह पवित्र गुफा 150 मीटर लंबी है इस गुफा के अंदर भगवान शंकर का 4 फीट ऊँचा शिवलिंग है इस शिवलिंग के ऊपर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है धार्मिक आस्था है की इस गुफा में रखी भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन से हर कामना पूरी हो जाती है धारणा है कि इस को स्वयं शंकर ने बनाया था पुराण कथा यह है कि भाषमा ने तब कर शंकर को प्रसन्न किया था इस दौरान भगवान शंकर और भस्मा में भीषण युद्ध हुआ इसी के चलते इलाके का नाम हुआ युद्ध के बाद भी ने हार नहीं मानी इसके बाद भगवान शंकर वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छिपे बाद में यही गुफा में खोड़ी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई मानता है की भगवान शंकर को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर भस्मा को मोहित किया सुंदरी रूप में विष्णु के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर शिव भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया नमस्कार हमारे चैनल से रूबरू होने के लिए हमारी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें